Hey, oh, hey, oh, la la la la la, la la la la la. la, la, la, la. आँखों में बसे हो तो तुम्हें दिल में छुपा लूंगा आँखों में बसे हो तुम तुम्हें दिल में छुपा लूंगा जब चाहो तुम्हें देखो आई न बना लूंगा आख से हो तुम आख से हो तुम तुम मेरे न मुझ पा आख में से हो तुम तुम्हें दिल में छिपा लूँगी जब चाह तुम्हें देखो आई न बना ये आँखों में तुम्हें दिल में लूंगी तकदीर तो। तुम्हारी है जहा दिल तक थक मेरा तस्वीर तुम्हारी है ये जो तेरे लड़से मेरे दिल में हुई हर हलचल मेरा चैन चुराता है तेरी आग का का अब चैन चुराया है ऐ अभी चैन चुराया है कल तुम्हें चुरा लूंगी अब चैन चुराया है कल तुम्हें चुरा लूंगी जब चाहो तुम्हें देखो बना लूंगी ओ तुम पास मेरे हैं क्या काम बाहरों से ये चमकीले लेने न क्या काम सितारों से तेरे नाम की धड़कन हो तेरे नाम की सा हो एक तुम आखों में आखे हो कोई नाम फा पूछे हा कोई नाम नामे पूछे, मैं नाम तेरा ना लूंगा कोई नाम नामे पूछे, मैं नाम तेरा ना लूंगा जब चाहो तुम्हें देखो आई ना बना लूंगा ओखों बसी हो तुम तो. <सल> हा आखों में बसी